वेलकम बैक दोस्तों गुजराती चेस जोन में आप सभी का स्वागत है आज हम देखेंगे कैरोकॉन डिफेंस दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि बैक टू बैक में कोई भी ओपनिंग जब लेता हूँ तो उसके सारे वेरिएशन आपको दिखा दिखा देता हूँ तो अभी हमारी जो तो सीरीज चल रही है कैरोकॉन डिफेंस इससे पहले हमने स्कैंडियन डिफेंस और डेनिश भी देख लिया है और अब देख रहे हैं कैरोकॉन डिफेंस हाउ टू प्ले अगेंस्ट कैरोकॉन नॉट कैरोन खास ध्यान रखो आप व्हाइट से खेल रहे हो दोस्तों और कैरोकॉन प्लेयर के सामने आपको कैसे खेलना है उसके बारे में मैं डिटेल में अटैकिंग लाइन बताता हूँ तो ये लाइन अगर आप प्रिपेयर करके खेलोगे तो व्हाइट से खेलने में बहुत मजा आएगा e4 c6 वाली लाइन जो है कई बार ऐसा होता है लोग d4 अगर आप व्हाइट से d4 भी खेलते हो तो आपके सामने जो भी कैरोकॉन डिफेंस वाला प्लेयर सी करके खेलेगा तब भी आप कन्वर्ट कर लोगे पेनो बोटोनिक अटैक में इस अटैक का नाम है पेनोव अटैक तो चलिए शुरू करते हैं आज मैं दिखाऊंगा से कैसे केरोकान का सामना किया जाए अगर आप डी फोर प्लेयर हो तो डी फोर खेलिए बिना हिचकिचाहट तो ब्लैक खेलेगा सी सिक्स तो और सेकेंड मूव हो जाएगी डी फोर अब ये हो गया कन्वर्ट हमारा पेनोव अटैक में उसके सामने ब्लैक खेलेगा डी और यहाँ पे आपको पॉन्टेक्सोन c takes pawn और फिर c4 दोस्तों बहुत सारे ये पोजीशन से हमने वेरिएशन देखे हैं c4 अगेंस्ट मैंने बताया कि most people Knight f6 खेलते हैं उसके सामने आपको रिप्लाई देना होता है Knight c3 सेंटर पे बढ़ाना है उसके बाद ब्लैक नाइट से सिक्स करता है तो आपको बिशब जी फाइव जो एज यूज हमारी रूटीन मूव है हर एक तो लाइन में जितने मूव होते है जैसे सिक्स मूव हो गया विशअप जी अब हम देखेंगे अगर ब्लैक ने ये पॉन कैप्चर कर लिया पॉन टेक्स पोन तो आपको क्या करना है डी इंटू सी फोर यहां आपको पॉन प्रेशर डी फाइव करना है अब देखो ब्लैक के नाइट के ऊपर अटैक आया है तो नाइट ई फाइव सेंट्रलाइज करेगा अगर नाइट ब्लैक तो यहां पे आपको नाइट एफ खेलना है डोंट वरी अबाउट बिशअप जी कोई भी चिंता नहीं करनी है बी के बारे में नो no प्रॉब्लम तो यहां पे नाइट एफ थ्री क्वीन सी सेवन अब देखिए आपको ब्लैक के पास जो सेवन पॉन है और हमारे पास सिक्स पॉन है हम एक पॉन डाउन है लेकिन अटैक में व्हाइट है तो क्वीन सी सेवन के सामने मैं रिकमेंड करूंगा आपको क्वीन डी फोर के लिए क्वीन डी फोर से नाइट के ऊपर एक प्रेशर बढ़ता है अब यहां पर नाइट एफ डी नाइट नाइट एफ डी द फ्रॉम सेंटर अगर ये नाइट नाइट टेक्स लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉन टेक्स नाइट अब आप यहां आप देख सकते हो कि व्हाइट के चार पीसेस एक्टिव हो गए जैसे ब्लैक के कोई भी पीस एक्टिव नहीं है सिर्फ नाइट और क्वीन और वो भी तुरंत अटैक में आने वाली लाइक नाइट बी से तो यहाँ पे कोई भी प्लेयर अपना डेवलप किया हुआ नाइट एक्सचेंज नहीं करेगा अगर नाइट एफ थ्री कर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे तो दूसरी बात नाइट एफ टी सेवन से अपने नाइट को सपोर्ट देगा यहां पे आपको करना है लॉन्ग कैसल अब ये भी एक सरप्राइज है लॉन्ग कैसल अब नाइट इनटू एफ थ्री देखते हैं नाइट इनटू एफ थ्री जी इंटू एफ थ्री क्योंकि हमारा प्लान तो वैसे ही लॉन्ग कैसल का था या पहले नाइट एक्सचेंज कर ले या बाद में करे तो जी टू एफ उसके बाद नाइट बी ना, हमारे सेंटर पर पे अटैक कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर बिशफ अब देखिए क्वीन डी एट एक ही मूव है उसके पास क्वीन डी एट अपोनेंट के पास उसके बाद आपको खेलना है बिशअप टेक्स फोर नाइट टेक्सि फोर और क्वीन टेक्सि फोर अब आप देख सकते हो कि क्वीन और रू दोनों आमने सामने यह बहुत बढ़िया पोजीशन होती है जब सामने वाले का क्वीन और हमारा रुक उसी लाइन में होता है तो बिश टी सेवन रुक एच ई वन उसके बाद क्वीन सी एट अब ब्लैक ट्राई करेगा एक्सचेंज के लिए क्योंकि हमारे जो पॉन डबलिंग है उसके हिसाब से ब्लैक की एंड गेम में जाने की तैयारी है क्यू आपको सिंपल एक्शन नहीं करना है ब्लैक खेल रहा है E6, और और किंग इस पोजीशन से बहुत बहुत ही बेहतरीन आप खेलोगे अब और बहुत में है। जैसे कि आप देख सकते हो कि वाइट का कैसल हो चुका है क्वीन डेवलप हो चुके हैं नाइट बिशप और दोनों रूप सब कुछ डेवलप हो चुका है और सेंटर पे अटैक भी है तो कौन भला ये गेम लॉस होके आएगा चलिए दूसरा देखते है बॉटवन स्टाइल में आप कैसे खेले मिथाइल बॉटवन जो थे वो क्वीन डी4 फोर एट मूव में कर देते तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ई फोर सी6 सेकंड मूव डी4 ब्लैक सेकंड मूव डी5 थर्ड मूव पॉन्टेक्सोन ब्लैक की थर्ड मूव व्हाइट की फोर्थ मूव जो सी4 है तो यहाँ पे नाइट एफ6 ब्लैक की फोर्थ मूव नाइट एफ6 में नाइट सी3 थ्री एज यूज नाइट सी और यहाँ पे सिक्स्थ मूव हो गए तो पे, पे पहले वाली गेम में देखा था अब हम ये भी खेल के देखते है क्वीन डी फोर इसमें भी मजा आता है दोस्तों सेंटर पे डायरेक्ट नाइट पे अटैक अब नाइट डी थ्री यहाँ पे ब्लैक नाइट डी थ्री कर सकता है क्योंकि उसका वैसे भी ये पॉन मरने वाला है तो नाइट और एक्सचेंज करने के लिए यहां आपको सिंपल करना है सी टेक्स डी थ्री एक आपको वेट करना है ना क्विंटेक्स डी थ्री नहीं करना है यहां पे आपको नाइट एफ खेलना है दोस्तों डेवलप करो एक्स्ट्रा मिशन दूंगा इस मुह को जी सिक्स पे खेलेगा जी G6 का मीनिंग क्या है कि वैसे भी ये पॉन डबलिंग हो रहा है और विशप डेवलप कहां से होगा ब्लैक का तो इसीलिए उसने G6 क्या है तो यहां पे आपको सिंपल टेक्स, F6 F6 और उसके बाद शॉर्ट कैसल अभी भी आप पॉन नहीं ले रहे हो कितना वेट किया है हमने पॉन को उसको चांस दे रही कि तुम अपना पोन सेव कर लो क्यू ब्लैक एक्सचेंज करने आ रहा है क्यों एक्सचेंज करने आएगा कि हमारा अटैक है और उसका किंग अभी भी सेंटर में इसलिए ब्लैक चाहेगा कि जल्दी से जल्दी क्वीन एक्सचेंज हो जाए क्यू बी के बाद आपको रू कैफी वन चेक देना है किंग डी एट क्वीन एच फोर हमें तो क्वीन एक्सचेंज करनी ही नहीं है जी एच H5 अब यहां पर स्पॉन के ऊपर अटैक ये दोस्तों लाइन भी है और आप चाहो तो इसकी पूरी गेम भी देख सकते हो ये गेम डेटाबेज में मिल जाएगी और हम देख उसके बाद हम देखेंगे न्यू वेरिएशन तो यहां पे नया वेरिएशन जो है शुरू करते हैं e4 c6 d4 d5, फाइव इतव सी डी और c4. आपके ज्यादा मूव इतने इजी है अब देखिए यहाँ पे नाइट f6 जो रूटिंग मूव है यहाँ नाइट c3 भी आता है हमारा नाइट c6 और बिशब जी फाइव इतने मूव कॉमन है यहाँ पे डी इंटू c4 भी करेक्ट है और यहाँ d5 फाइव नाइट इंड अभी हम सेम लाइन में सभी अलग अलग मूव्स देखते हैं दोस्तों खास ध्यान रखो कि इतने पोजीशन के बाद डी फाइव के बाद ब्लैक नाइट ई फाइव करता है तब हमारी ये पोजीशन होती है तो नाइटी फाइव में हमने जैसे देखा कि बोटोनिक स्टाइल में खेलना है तो क्विंटी फोर नाइट डी थ्री ये सेम है और यहाँ पे बीसप टेक्स डी थ्री टेक्स डी और नाइट एफ थ्री यहां पे और शॉर्ट कैसल। जैसे मैंने बताया कि पहले हम ये वेरिएशन देख चुके हैं उसी वेरिएशन की एक गेम भी है पूरी मैं दिखा देता हूं यहाँ पे बिशब डी सिक्स खेला था ब्लैक ने इस गेम में और सामने जो प्लेयर था उसका नाम था कोवाच और सामने मिखाइल बॉटोनिक जो व्हाइट से खेल रहे थे बिशअ डी सिक्स अभी भी पोन नहीं लिया देखो कितना वेट किया है पोन लेने के लिए क्योंकि वो जानते हैं कि ये पोन को तो कभी भी ले सकते हैं कोई बचाने वाला नहीं आएगा सेवन अब यहाँ पेवन जरूरी है सेवन नहीं करेंगे तो एफ सिक्स वाला पोन जो हैंगिंग है डबल अटैक से कैप्चर हो जाता है तो ब्लैक ने खेला है सेवन और यहाँ एक्सलामेस्टर मार्क डी सिक्स में ब्लैक अगर डिस्कवर तो तो -E बना दिया है पिनिंग करके अब यहाँ पे ब्लैक ने इसने मुके बाद रिजाइन कर दिया अब क्यों रिजाइन किया आप देख सकते हो कि अगर ब्लैक नाइट करता है तो सिंपल टेक्स बिशप और उसका पीस लॉस होता है और नाइट अगर ब्लैक नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑप्शन उसका पीस हटाना पड़ेगा मतलब बिशअप हटाना पड़ेगा जो बिशप एफेट के बाद नाइट चेक में उसे क्वीन देनी पड़ेगी क्योंकि किंग के पास और सॉरी नाइट चेक में चेकमेंट हो गई है तो दोस्तों में अब अपनी खेली हुई दो गेम दिखाऊंगा आपको आज हम दो गेम देखेंगे वेट एंड वॉच दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने व्हाइट से एक गेम खेली थी वो बता रहा हूं कॉलेज सिस्टम मेरी फेवरेट लाइन है मैं वही खेलता हूँ डी फोर एनएफ सिक्स एन एफ ये क्लासिकल वेरिएशन है कॉलेज सिस्टम के बारे में मैं अपने कुछ वीडियो के बाद में आपके लिए स्पेशियल कोले सिस्टम बना लाऊंगा तो कोलर सिस्टम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत ही मजेदार ओपनिंग है व्हाइट से खेलने में बहुत मजा आता है उसके बाद बिशअ डी थ्री बिशअप सेवन ब्लैक ने खेला है इसके ब्लैक के पास अलग अलग रिप्लाईज होते हैं बिशअप e7 या बिशअप d6 या फिर बिशअप b4 चेक भी देते हैं कई लोग तो अलग अलग मूव होते हैं तो यहाँ पे उसने खेला था बिशअप सेवन और बिशअप ई हमारे लिए अच्छा होता है व्हाइट के लिए क्योंकि ब्लैक डिफेंसिव खेल रहा है इसमें तो के बाद मैंने खेला है बी थ्री उसने बी सिक्स किया और यहाँ पे बीबी बी टू सेंटर पे दोनों बिशप का अटैक होना जरूरी है बी और यहाँ पे एन बी टू, एन बी और यहां पे कैसल ब्लैक ने सी फाइव करके अर्ली अटैक करना चाहा नाइट ई फाइव अगर ब्लैक वाइट से जब भी आप कोलर सेम करते हो और आपका नाइट ई पे बैठ गया एक बार तो आपकी पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है यहाँ पे कैसल कैसल के बाद एफ और इसको कोई हटाने वाला नहीं है एक्सचेंज करना भी ब्लैक के लिए माइनस पोजीशन हो जाएगी नाइट उसके बाद हमने किया सी अब देखिए ब्लैक अगर डी पोन से सी पोन मारता है तो सिंपल उसका पीस डाउन होता है तो यहाँ पे एफ किया नाइट को सपोर्ट बढ़ाया एन जी अब जब कोले खेलते हो तो दो नाइट का अटैक बहुत ही बढ़िया आता है यहाँ पे रुक सी वन रुक सी एट उसके बाद नाइट जी फाइव अब नाइट जी फाइव के बाद टोटली गेम वाइट के कंट्रोल में यहाँ पे मैं बहुत ही जल्दी गेम जीत गया था क्योंकि यहाँ पे नाइट ई सिक्स की थ्रेट है जो नाइट ई सिक्स को कोई बचाने आ नहीं सकता कोई सपोर्ट नहीं आता है फॉर्क भी आता है जैसे कि क्वीन बी भी सपोर्ट नहीं कर सकता नाइट बैठा हुआ है और कोई पीसी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे ब्लैक को कंपलसरी हमारा नाइट एक्सचेंज करना पड़ेगा तो ब्लैक ने ऐसा ही किया है नाइट टेक्स और पोन टेक्स फिर नाइट और यहां आप सोचोगे कि ये पोन को कैसे बचाया जाए क्योंकि तीन अटैक हो गए नाइट बिशप और क्वीन अगर हम एच फोर करते है तो भी हमारी गेम बहुत ही वीक हो जाएगी वो एच सिक्स और ऐसा करके हमारी गेम पे अटैक कर सकता है या फिर सेक्रीफाइस भी सोच सकता है पर हमने यहां ऐसा कुछ नहीं किया सिंपल पॉन को आगे बढ़ा दिया और उसे प्रेशर दे दिया यहाँ पे उसने पौन टेक्स पौन मारा और, और यहाँ पे क्वीन एच फाइव अब क्वीन एच एट चेक की थ्रेट है ब्लैक ने यहाँ बहुत बड़ा ब्लैंडर किया था क्वीन डी एट और वेट इन टू दे दिया मुझे क्वीन चेक और नाइट चेक में तो दोस्तों ये बढ़िया गेम थी दूसरी गेम देखते है हम दूसरी गेम स्कैंडिनेवियन डिफेंस में है स्कैंडिनेवियन डिफेंस फेवरेट लाइन है आप सभी लोग जानते हैं देखिए स्कैंडिनेवियन डिफेंस में पीस सेक्रीफाइस वाली गेम होती है मैं पीस भी सब बहुत बार देता हूं और बहुत गेम जीता भी हूं उसमें e4 d5 d5 फाइव डी नाइट एफ थर्ड एन वाला वेरिएशन जिसमें क्विनटेक्स पॉन मानना होता है नाइट सी और क्विंट फाइव d4 फोर बिश पिनिंग नाइट और बिशप ई टू नाइट एच थ्री और यहां पे लॉन्ग कैसल सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि व्हाइट अभी भी हमारा बिशअप नहीं मार सकता उसके क्विंटेक्स रूक थ्रेट में है यहां पे उसने किया है बिशअप ई और हमने किया ई व्हाइट ने कैसल किया इस पोजीशन में ऑलवेज में आपका रूक लिफ्ट होके यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बिशअ जी फाइव एफ सिक्स बिशअ और यहाँ पे पॉन टेक्स नाइट डिस्काउंट में हमें पीस वापस मिल गया नाइट किया उसने और उसकी थ्रेट नाइट चेक और हमारी क्वीन लेने के मैंने वेट करके एक बार चला दिया है। टेक्स और पे टेक्स, रुक ह6, उसके बाद जीरो वन जीरो मतलब ब्लैक जीत जाएगा आराम से क्योंकि अब पोर्समेट आने वाले जिसे कोई रोक नहीं सकता एफ के बाद जी थ्री एक वेटिंग बॉल और फिर H1 कोई बचा नहीं सकता तो दोस्तों कैसे रही ये गेम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जल्द ही मिलेंगे कैरोकान डिफेंस के और भी वेरिएशन लेके मैं आपके सामने जल्दी हाजिर हो जाऊंगा हर दो दिन में मेरा एक वीडियो आपको मिलता रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जय हिंद जय गुजरात